Sanatan rap song introducing Aadya Patel. Patel Sanatan, sanatan. Yeh mera Sanatan Sanatan Yeh hai mera Sanatan सनातन सनातन सनातन मेरी जान ये मेरा अभिमान ये मेरा सम्मान अनजान तो नहीं खोए हो क्या चलो तुमको बता दू पाओगे क्या जो ना बचा ये हिस्ट्री करोगे क्या अभी बने हुए सैकुलर आगे तुम लड़ोगे क्या चलो छोड़ो मेरे भाई ये तो बता सनातन हूँ मैं क्या ये मेरी खता क्यों जिहादी रहे तुमको सता तुम सो रहे रो रहे हो कि गुमनाम तुम खो रहे चलो जा जरा याद तुम करो उनको शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान को कैसे भूल गए तुम हाँ राणा कुंभा के विमान को चलो उठो आगे बढ़ो कुछ करो मेरे यार प्यार सनातन से हिंदू हूं मैं एक्ट उन्नीस की करता निंदा हम मैं जय ये राम ये नाम सुबह शाम मैं लेता रहू सैक्यूलर जगह और क्या कहूं सहूं मैं कब तक अब तक करो कर बलिदान हुए सनातन लिए आर्ये दिए हा चलो तुम्हें बता दूं मैं हिस्ट्री किताबों में नहीं जो बना हुआ मिस्ट्री श्रीलंका से लेके तुर्कमेस्तान खो दिया सब अब बचा सिर्फ एक हिंदुस्तान जहां जाओगे कर लोग क्या यार जातिवाद में लिपट हुए हिंदू राष्ट्र बना लोगे क्या हिंदू है तू कुछ बोल ना दे न केस का खर्चा उठा लोग क्या करते सपोर्ट की को मिटा दोगे क्या हाँ एक का अखंडता दिखा दो प्रचंडता रोने से यहाँ कुछ नहीं मिलता सच तो यही है सोचते नहीं है साथ देते भी उनका जो नोते रही है कहीं है लिखा तो दिखा दो मुझे जो मैंने लिखा वो समाज में हाँ चल रही है सही है चलने दो कोई कोई कोई लड़ेगा क्या बटे बलिदान हुए हाँ। कैसे हुआ हाँ, कोई बताएगा पढ़ो अपने बारे में वादा है तुमसे तुम्हारा दिल रो जाएगा आओ जो वापस कुछ ना मिलेगा कायर से हम बी से वो इतिहास ऐसा लिख जाएगा रह जाएगा पीछे हिंदू ये धर्म मिट जाएगा ये धर्म मिट जाएगा, जाएगा।